बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ताला और मगधी में पर्यटकों को खूब बाघ देखने को मिल रहे हैं दोनों ही रेंज में पर्यटकों को बाघ ने अपना दीदार दिया खित में भी एक जगह बाघ देखने को मिला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी जोन में पर्यटकों को सफारी में महावन मेल बाघ दिखा बाघ देखने को लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिला लोगों ने इस मौके पर बाघ का दीदार किया इस मौके को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया अब यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है आप देख रहे हैं दखन न्यूज